पूछता तो था और भैया कैसी चल रही है आपकी तैयारी क्या करना इसलिए हमारे स्कूल के बच्चे हम सब पहुंच गए बकरों की तरफी अरे जिस बच्चे ने अपने बाप को जले भी तलते देखा है वो तो यही सोचेगा ना कि जिंदगी में पैसा ही सब कुछ है आई डिड नॉट चूज दिस इंजीनियरिंग लाइफ सर एंड नीदर डिड दिस इंजीनियरिंग लाइफ चूज मी इट वॉज शट डॉन माई थ्रोट बाई माई टीचर्स वाइल माई हैंड्स वेट टाइट टू माई बैग बाय एंड माई पेरेंट्स वॉच्ड इन साइलेंस और इंग्लिश सुनेगा तू मदर तो सुइंट टेंथ के बाद दो साल लग गए इस कॉलेज में घुसने के लिए कोचिंग में निकाल दिए ना कुछ खेले ना कुछ सीखे और दो साल बाद जब यहाँ पहुँचे तो पता चला कि बड़े शहरों के कॉन्वेंट स्कूल के पढ़े बच्चे जब अंग्रेजी में बात करते हैं तो मरे हुए फूल भी खिल उठते हैं आ हा हा हाहा हवा में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है इनकी अंग्रेजी सुनकर और पूरे कॉलेज की लड़कियाँ इन इंग्लिश स्पीकिंग लड़को को अपना जीवन साथी डॉट कॉम मान चुकी है तुझे क्या लगता है मुझे कभी लगा नहीं कि मैं अपनी अंग्रेजी पे काम करूँ अपनी पर्सनालिटी पे काम करूँ बहुत लगा ये चूतिया इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो एजुकेशन सिस्टम बिठा के रखे हो जिसमें हर साल में दस सब्जेक्ट हर सब्जेक्ट में थियोरी प्रैक्टिकल वाइवा लैब वर्क एक्सटर्नल इंटरनल मेजर माइनस असाइनमेंट प्रोजेक्ट गार्ड मार के रखी हमारी महीनों तक नहाना भूलते हैं हम लोग और फिर हमारा बना देते हो कि हम ऐसे ही रहना चाहते हैं अब इस साल में एक बार कल्चरल फेस्टिवल आता है, एक बार उसके लिए भी प्रोफेसर से भी मांगनी पड़ती है अरे बिना इंग्लिश बोले बिना लड़कियों से बात किए, कौन लाडू रहना चाहता है वैसे पर टाइम कहा है कुछ सीखने के लिए लगे पड़े कोडिंग सीखने तीन तीन लैंग्वेज सीख रहे हैं अलग अलग इंग्लिश छोड़ के लेकिन जब प्लेसमेंट की बात आई तो सबको एप्टीट्यूड चाहिए टी चाहिए इंग्लिश स्पीकिंग चाहिए इट इज नॉट डी कैन नॉट स्पील सर वी आर जस्ट वेरी कॉन्शियर एंड प्रोसिएशन एंड वीर नॉट कॉन्फिडेंट टू स्पीक इन फ्रंट एन इफ करमर्स इफ इंजीनियरिंग कॉलेज इन कंट्री फोकसड ऑन आर ऑलराउंडमेंट इस्टेड ऑफ फंशनिंग लाइक अ गॉड टैम फैक्ट्री दट इज जस्ट मॉस प्रोड्यूसिंग रोबोट बाई कि द ड्रीम्स एंड हैुड नॉट बी सिटिंगस एच आर इंटरव्यू द लाइफ्स ऑफ विच एक्सिस्ट ओनली इन आर कंट्री कैनो सर बोल दिया मैंने चार और लाइन अंग्रेजी में अब बताइए क्या मैं आपके मल्टीनेशनल कंपनी के लायक हूं टू आई हैव द पोटेंशियल टू बी ए स्लेव ऑफ योर एस्टीम्ड